हेलो दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शांतनु डी जी में दोस्तों आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं बहुत दिनों से लोग परेशान हैं पूछ रहे हैं कि आधार कार्ड कैसे डाउनलोड करें आधार नंबर से आधार कार्ड तो डाउनलोड हो रहा है आसानी से लेकिन जो उसका इनोलमेंट है उससे आधार कार्ड डाउनलोड करना बहुत ही मुश्किल जा रही थी लोगों को जो लोग अपडेट करा के आधार कार्ड लाते थे उनके इनोलमेंट से आधार कार्ड डाउनलोड नहीं होता तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि आधार कार्ड को इनरोलमेंट आईडी से कैसे अपडेट करें या डाउनलोड करें तो चलिए आपका समय ना लेते हुए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं आप एक न्यू टैब खोलें उसमें आधार कार्ड की साइट डालें यू आई D A I इसको सर्च करें और सबसे ऊपर वाले टैब को क्लिक करें यह हमारा आधार कार्ड का साइट का पेज ओपन हो जाएगा फिर आप डाउनलोड आधार कार्ड में जाएं यह ऑप्शन आएगा उसको किक लें यह हमारा पेज लॉगिन पेज आ गया है यहां पर आप डाउनलोड आधार कार्ड पर क्लिक करें दोस्तों आधार कार्ड नंबर डाल के ये फिल करेंगे सेंड ओटीपी में क्लिक करके ओटीपी आ जाएगा और आपका आधार कार्ड आसानी से डाउनलोड हो जाएगा लेकिन जब हम इनमेंट डालते हैं तो इनोलमेंट 28 डिजिट का होता है वो आप डालोगे तो आधार कार्ड डाउनलोड होने में बहुत दिक्कत जा रही थी पहले ये साइट अपडेट हो गई पहले जो साइट थी वहाँ पर टाइम डालने का एक बॉक्स था लेकिन अब ये सीधा 28 डिज़िट डायरेक्ट डालना है इसमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी तो चलिए हम आपको बताते हैं यहाँ से आप कैसे अपना आधार कार्ड डाउनलोड करें पहले आप अपना इनोलमेंट नंबर डालें ज़ीरो वन ज़ीरो फाइव वन फाएव, ज़ीरो वन फाइव फोर एट दोस्तों उसके बाद फिर डेट फिल करनी पड़ती है तो यहाँ पर डेट डेट कैसे फिल करनी है जैसे हमारी इसमें डेट दी हुई है जीरो फोर टेन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन तो आपको सबसे पहले अपना ईयर डालना है टू थाउजेंड ट्वेंटी वन उसके बाद कौन सा मंथ है वो डालें जैसे इसमें अक्टूबर की डेट दी हुई है तो वन ज़ीरो और तारीख है चार तो ज़ीरो फोर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन टेन ज़ीरो फोर अब यहाँ पर टाइम डालें जो टाइम दिए हो टाइम में कोई चेंजेस नहीं होंगे टाइम आप सीधा जो दिया है वह डाल दें ग्यारह बजकर नौ मिनट ज़ीरो नौ और चालीस सेकेंड फोर ज़ीरो अब जो ये कैप्चर दिया है उसको फिल कर दें एच सिक्स एच ट्यू एन एस स्मॉल है n कैपिटल और यहां पर सेंड ओ टी पर क्लिक करें जैसे ही आप ओ पर क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओ आ जाएगा उस ओ को आप यहां पर फिल कर दें जैसे कि हमारा ओ आ चुका है नाइन एट सेवन एट थ्री सिक्स नाइन एट सेवन एट अब इसको वेरीफाई कर लें अब हमारा ये पेज ओपन हो जाएगा और उसके बाद हमारा आधार कार्ड डाउनलोड जाएगा जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर ई आधार डाउनलोड हो चुका है अब इस पर क्लिक करें दोस्तों अब ये पासवर्ड मांगेगा आपको हम बता चुके हैं पासवर्ड क्या होगा इसका आपके नेम के फोर डिज़िट फोर फोर लेटर और आपकी डेट ऑफ बर्थ के जो ईयर है जैसे मेरा ईयर है 98 1998 1994 1992 या 2003 2021 तो आप अपने नेम के फोर डिज़िट डालें और आपकी डेट ऑफ बर्थ के फोर डिज़िट डालें देखिए दोस्तों जैसे आप अपना ये कंप्लीट करेंगे तो आपका आधार कार्ड डाउनलोड हो हो जाएगा और आपका आधार कार्ड ओपन हो जाएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें थैंक यू